गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया कॉलेज में हिजाब की घटना को लेकर कहा कि हिजाब घटनाक्रम की जांच होगी हिजाब बैन को लेकर सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया की नगर परिषद बड़ौनी में डोर टू डोर जाकर नगर वासियों ऐसी मुलाकात की उन्होंने अधिकारियों को नगर वासियों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए इस दौरान उन्होंने कहा की दतिया सांप्रदायिक सद्भाव की जीती जागती मिसाल है सोशल मीडिया पर दतिया की पीजी कॉलेज की छात्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है मैंने स्कूल प्रिंसिपल द्वारा जारी किए गए आदेश की जानकारी को लेकर कलेक्टर को निर्देश दिए हैं प्रदेश सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि हिजाब पर बैन को लेकर किसी भी तरीके से प्रस्ताव विचारधीन नहीं है मेरी अपील है कि प्रदेश में किसी तरह का भ्रम न फैलाया जाए सांप्रदायिक सौहार्द की जीती जागती मिसाल हमारा दतिया है जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल वो भी मैंने देखा है महाविद्यालय के प्राचार्य ने किस परिस्थिति में किस कारण से और क्यों इस तरह का आदेश निकाला मैंने कलेक्टर दतिया को तत्काल निर्देश दिए कि इसकी तत्काल संज्ञान लें संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के पीड़ो से नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी से महलों तक ठेलों ऐसी मेलों तक पगडंडियों ऐसी सड़कों तक गाँव ऐसी शहरों तक व्यापार ऐसी उद्योगों तक